ये भाई वो कौन है तो गाइस हम आ चुके हैं नाइट में तो ये पीछे है हमारे छुप जाओ यार तो गाइस ये रहा वो भूत बंगला छुप जाओ यार आजा छुप जाओ छुप जाओ इधर भरे तो और भूत तो बंगला ये गाइस पेड़-वेड़े वाले हवा चल रही है ले चल और चंद्रगाण नदी लाओ ना मीना अब चलो रे हैं चलोगी चंद्रगाण फाड़ रही रे वीडियो चालू है चलोगी चल जो तू मैं देख रहा तो कुछ रही चाल रहा तू घूस तू थ तो <laughs> <तुछ। laughs> <तुछ। laughs> गा हम जाके आ गए है तो वापिस जा रहे है घर पे चलो ठीक है